हर एक के अपने जीवन में कुछ सपने तो होते हैं कम ही होते हैं ख्वाब सफल कुछ आधे रस्ते खोते हैं कुछ आधे रस्ते खोते हैं कुछ आधे कुछ वक्त के हाथों खो जाते कुछ खो जाते हालातों में कुछ मुश्किलों से डर जाते कुछ रह जाते बस बातों में दुनिया के रिश्ते नातों में कुछ खुद के ही हालातों में रोज आते जो ख्वाब वो सपने तेरे हैं, पर जान ले तू पर जान ले तो सपने तेरे सपनों का सफर मुश्किल होगा मुश्किल मंजिल बन जाएगी बक वक्त पे तुझे डराएगी तुझे इस डर ऐसी लड़ना होगा लड़ना होगा पढ़ना होगा हर राह में होंगी दीवारे दीवारों पे चढ़ना होगा भाई दुनिया का साथ तुझे मिले न मिले जो जलते हैं तुझसे जले तो जले तू कदम बढ़ा तू बढ़ता जा कम हो जाएंगे तेरे फ़ासले तू रख हौसले हौसलों पे यकी इस यकी से सब बदल जाएगा तू तोड़ ले इस जीवन में तेरे यकीन तुझे मिल जाएगा अगर निकल गया ये समय कहीं फिर लौट के ये ना खटकाएगा तेरे हाथ भी खाली होंगे सोच के फिर तू पछताएगा सोच के फिर तू पछताएगा सोच के फिर तू पछताएगा होंगी दीवारें दुनिया की दुनिया के नियम कायदों की सपनों का उन्हें कोई मोल नहीं बस बातें उनके फायदों की तू मत डरना जिद पे अड़ना तू मत डरना जिद पे अड़ना सपनों के लिए सबसे लड़ना सपनों में हो विश्वास तो पूरे होते है कोशिश और शिद्दत सात तो पूरे होते हैं पे होते, पे होते। सपना ही था एडिसन का जो घरों में सबके उजाला है सपना ही था ये किसी ने देखा प्लेन जोड़ने वाला है हर पल सपना पल पल सपना हर पल में कल का हो सपना सपनों के पल हर पल में कल तुझे रुकना नहीं हर पल तू चल तुझे झुकना नहीं मिल जाएंगे हलगर प्यास तुझे कुछ पाने की तो खोद ले अपना कुआ तू और ढूंढ ले चल और ढूंढ ले चले गुरु भाई मेरे म्यूजिक ने दी मेरे करियर को पहचान बाकी मुझे कोई काम ना आता जैसे कोई इंसान एक तरफ भगवान दिखा एक तरफ शैतान एक तरफ पैसा था पर एक तरफ पहचान नींद में मैं आधा रातों में जागा मेहनत के साथ चला डर के ना भागा मैं, सुनता रहा, क्या, रहा, थागा, मैं सीखता टकरा के खुशियों को त्यागा पार्टी नहीं की ना जन्मदिन मनाया ना दोस्तों से मिला और वक्त को बचाया सोचा नहीं करा जो सही समझ आया वरना कोई और कर देता करके दिखाया लोगो ने थोड़ा पर बना ली विश्वास किया खुद पे इज्जत बना दी अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ा के ताकत बनाई न डरा जरा भी अमीर और गरीब क्या करोकर खाके सपनों को मिली है अकल तू भी करके दिखा ये तेरा जंग कल बाकी तुम्हे भी पता है न आने वाला कल न आने वाला कल न आने वाला कल हर पल सपना पल पल सपना हर पल में कल का हो सपना पल पल में मगर फिर चैन ना हो इक पल भी बोल सकू सपना वो सुबह और वो रैन ना हो देखो सपने जो असम्भव हों पर सपनों में मत खो जाना सपनों में इतनी शिद्दत हो तुम्हें नींद ना आए रोजाना सपना तेरा तेरी मंजिल मंजिल मुश्किल मुश्किल राहें राहें लंबी लंबा ये सफर इस सफर में ना तू थक जाना ना थक जाना ना रुक जाना ना सपनों में ही खो जाना ये सफर सफलता का होगा पर जान लो तुम देखो सपने पर जान लो तुम आसान नहीं होगा इतना आसान जहरी दुनिया दुनिया जहरी सपनों पे बिठा दे देगी पहरा पहरे की परवाह ना करना हो जा बहरा कोई कुछ कहता कोई क्या कहता वो बात न सुन बस एक ही धुन सपने तेरे संघर्ष तेरा संघर्ष ये रुकने पाए न जब तक सपना साकार ना हो ये नींद भी तुझको आए ना हर पल सपना पल पल सपना हर पल में कल का हो सपना पल पल में मगर फिर चैन ना हो एक पल भी भूल सकू सपना वो सुबह और वो रैन ना हो रोजा तेजो खुआ अगर उनमें है शिद्द लगे दिन महीने साल या लग जाए मुद्द सपने फूल जो कहते इग्नोर दे उनको सपने जब पूरे होंगे तब यही करेंगे इज्जत हर पल सपना पल पल सपना हर पल में कल का हो सपना पल पल में मगर फिर चैन ना हो इक पल भी भूल सकू सपना वो सुबह और वो रैन ना हो वो सुबह और वो रैन वो सुबह